रहे थे ना वो ये ये चीज पे भी आ exactly. है है कि कि कि आज मैं सोच रहा था कि आ, हम जब कोई नमाज पढ़ते हैं तो हमने हमारे में होता है कि अच्छा हमने इतनी रकात पढ़नी है पढ़नी है उसके बाद ये करना है अच्छा सजदा करना है और वी आर बेसिकली हम पूरा कर रहे होते हैं जिक्र किया ना वो एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना इन्हाक के साथ खुश के साथ पढ़स के साथ वो चीज बहुत है और वो आएगी इसी प्रैक्टिस मतलब इस ना, आपका है ना कोई आ, आस पास कोई और है और चोड़ी आप स्लो पढ़ते हो ना तो आपको पता चल जाता है यार आपका पर्पज है आप क्वान्टी पे नहीं जा रहा पता भी नहीं है कि हम एक आयत तो रिपीट भी कर सकते है या नहीं कर सकते भी बात है बहुत ज्यादा फॉर्मल बना लिया हमने एक आयत पढ़ ली आपको दोबारा नहीं पढ़ सकते आप एक आयत को हजार दफा पढ़े उसके दो तीन लफ्जों को भी आप बेषक हजार दफा पढ़ें। आपको जो फीलिंग आ रही है। पूरी रात तो वो अल्लाह पढ़े और मैंने सुना कल रात वो आयत पढ़ी और वो आयत क्या थी यार अब सुहा मैंने वो सुरतूर की हैुर बताते हैं तूर वो किताबी मस्तूर सारा बताते हैं जहन सिर्फ सिर्फ बताते हैं वो क्या करते हैं और hmm. बिल्कुल आजकल के hmm. लोगों पे ना इवन हमारे में भी फिट हो रही hmm. कि लोग ना किस तरह से डिल्यूजन में और डिस्ट्रेक्शन में शामिल हो जाते हैं फिर आया जन्नतों hmm. पेहते हैं हमने उनको बचा लिया जन्नतों में दाखिल हो रहे मजे में होंगे और आपस में बात करेंगे और सवाल करेंगे और उनमें से एक शख्स के हम लोग अपनी फैमिली में अल्लाह से डरने वाले थे जन्नती कह रहे होंगे आशी में बैठे हैं और मजे में है और कहेंगे हम अपनी फैमिलीज़ में जब बैठे हुए थे, थे, थे, थे। ना तो हम अल्लाह से डरने वाले थे आस्क एंड कि मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ या नहीं हूं अगर नहीं। मैं अभी मेरा जवाब नहीं है तो जन्मतूम कैसा, कैसा होगा पॉजिटिव हो। में कैसा होगा और फिर वो कहेंगे शेख हजरत आयश सारी रात रोती रहीं और ये अल्फाज दोहराती रहें और कहती हैं फोन आदाब कि अल्लाह ने हम पे करम किया और रहम किया और हमें शदीद दर्दनाक अजाब से बचा लिया ये उनके अल्फ होंगे जन्नतियों केमन खान आदबा एंड हर यू नो मोटिवेशन कुछ के मुताबिक वो वो बार बार पढ़िए कि यार अब मेरे मुँह से भी अल्फाज निकालना हमें भी उन लकी लोगों में शामिल करना जो ये जन्नत में बैठ के अल्फाज बोल रहे हूँ जहनम के आग से बचा लिया और हम पे करम कर yes. uh, you know, कोई आयात कि लोगों के अल्फाज है कि दुनिया के सबसे कामयाब करीब लोग So, break the distractions, मतलब break the circle, चार यार दो पढ़ो पढ़ो सिर्फ सही बात बात और और और घंटे में हाय हाय क्या सजदे भी तेरे लंबे करो और उसमें दुआएं तो मांगो अच्छा पहले ना मैं न आ, मैंना कभी, कभी सिर्फ सिर्फ कुरान पढ़ता था रात को ना तर्जुम के साथ के साथ पर कुछ मैंने रमजान कुछ रातों को दुआ के लिए डेडिकेट किया इस रमजान मैंने जो एक वो किया हुआ है बता रहा हूँ लड़के कर रहे है। पीपल वांट कि हमें क्या करें। exactly. अब ये करें अब नमाज पढ़े नमाज में नलावत भी शामिल हो जाती है और घंटा घंटा खामोश रहें आप कोई मसला साबित है जब हजाफा मिले से आके नमाज में काफी देर से खड़े हुए थे और जब आके नमाज मिले तो अलग में नमाजाते शुरू की नहीं। या वो इमेजिनिंग स्टैंडिंग इन ऑफ़ अल्लाह आपकी जन्नत जहनम उसके हाथ में आपको बचा सकता है आपको वो रिस्क दे सकते हैं आपको मालदार वो कर सकता है आपकी बीमारियाँ सब कुछ दूर कर सकते हैं आपके सामने खड़े आप बेशल ना एक्चुअली में जो तदबर की बात है ना वो आते ही तब है जब आप के लिए खामोश हो, ना अगर आप उस परेशन है ना ये सो पावरफुल बिकॉज जब आप इमेजिन so तो कर करना शुरू करते है मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ और आप ना हाथ बांधे में और आपके जहन से ना थोट गुजर रहे हैं यू डेवेलपिंग आप अपने गुनाओं को याद कर रहे हैं आपसे खामोशी से लेकिन अंदर से ना आप अपने शायद गुनाहों की माफी भी मांग रहे हैं आप अल्लाह ताला के सामने रोने वाले हो हो रहे में भी you know, uh, जब और उस आयत की जो सारी फीलिंग है वो क्वानिटी पे ना जाए क्वालिटी दो रकत पढ़ लें आम लंबा सजदा करेंसरत से करें जल्दी क्या भाई। क्या भाई भाई अल्लाह अल्लाह अल्लाह ताला ताला ताला मतलब क्वांटिटी वाला ही नहीं चाहिए कुरान ग्यारीस ले नमाज सबसे बेहतरीन हदीस के मुताबिक वही है जिसका लम्बा क्याम हो जिसका जिसका क्या लम्बा हो तो आप जो बात करे थे ना कि देखिए जब कुरान पढ़ रहे थे ना तो वो एक आयत रुक जाते थे थे और और उसको उसको सारे सारे रिपीट भी करते थे। भी बढ़े ही ना, उसको करते आगे ना फिर जब में जाएं तो, तो अल्लाह की ताज़ीम बयान करें क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि मैंने खुद फरमाया मना किया है दुआएं तो है। हैं जो रुकू और पड़ी जाती है पता भी नहीं होता है जब इन दुआओं के साथ आप पढ़ते हो ना नमाज तो आपकी नमाज वैसे इतनी लम्बी हो जाती थे है कि तो। दो दो रखते हैं आपकी बीस पच्चीस मिनट ले लेती है और वो अगर आपको दर्जमा भी आता हो तो आपकी क्या कैफियत होती है की एक एक जिसम का हिस्सा जो है वो आपके अल्लाह त के सामने झुका हुआ है और इतनी जबरदस्त जबरदस्त दुआएं के हैरान होता है तो आप सजदे में जब जा रहे हैं ना तो सिर्फ सुबह ना पढ़े अगर आपको दुआ कोई नहीं आती था, भाई अली भी तुम्हें तो कोई दुआ नहीं आती तो यार आप उर्दू में मांगो भाई नफ़ली नमाज आप नफली नमाज में इवन फर्ज में भी और नफल में भी आप उसे दुआ मांग सकते हैं जब तक आपको अरब दुआएं नहीं आती आप अरबिक सीखे साथ कोशिश कर रहे हो और आप मांग सकते हैं आप अल्लाह से बातें करें और अपने आप रियलाइज करें की यार अब मैं भी सजदे में हूँ और तेरे नबी ने कहा है अकरब उमाय लाभ दू मेरा बेहु सा इंसान अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब होता है जब वो सजदे की हालत में होता है सबसे ज्यादा करीब हूँ और फिर इंसान अल्लाह की तारीफ बयान करे जो मांगने मांगे दुनिया जहाँ की और घंटा गुजारे सजदे में सही बात दिस दिस व्हाट वी रियली टू फील आउट ऑफ़ द ओल्ड एंड जो वो क्वांटिटी पूरी oh, ख़्याल से दुआओं की ना एक लिस्ट हमें बैठ के थोड़ा सा टाइम टाइम में ये भी है कि हम ना टाइम नहीं देते अपने time, ये इसी का का जो टाइम है और एक पेज पे ना लिखना शुरू कर दें कि मैंने कौन कौन सी दुआएं मांगनी है या कौन कौन सी दुआएं या याद भी करनी है उनकी अंडरस्टैंडिंग है इंशाल्लाह और वो दुआएं मांगना शुरू करते हैं पूछा था ना क्योंकि मुझे रात मिल जाती है तो मैं कौन सी दुआ मांगूँ तो वो दुआ थी ना कि माफ़ करने वाला है और माफ़ी पसंद करता है और मुझे माफ़ करते हैं